फ्रेंड वेलकम टू तो माय यूट्यूब चैनल स्टेट स्टर में आपका स्वागत है तो आज सबसे बड़ी खुशखबरी है एस एस वालों के लिए उनकी वैकेंसी फिर से बढ़ गई है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां स्टेट वाइज दे रखा है वैकेंसीज के बारे में और आपको दिखा देते हैं कि स्मार बढ़ा कर कितना किया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ाकर पचास हजार एक सौ सतासी इसके पहले बढ़ाकर कितना था छियालीस हजार चार सौ पैतीस तो वैकेंसी बढ़ चुकी है जिनका भी नंबर अच्छा है वो फिजिकल की तैयारी करें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और आप लोग स्टेट वाइज भी देख सकते हैं इसमें कि कहाँ कितनी वैकेंसी इनक्रीज हुई है यहाँ स्टेट वाइज दे रखा है और ये है मेल का है इसमें है मेल का जनरल डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं यह है नक्सल का मेल का और यह है बॉर्डर का मेल का और यहाँ फीमेल का, फी का, का देख सकते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ फीमेल का नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उसके बाद अलग से एन का दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एन का 175 इसमें नहीं बढ़ाया है और जो भी इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्लाइक को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो